जनपद के जाने माने कीर्तिकुंज ऑटोमोबाइल्स के नक्सा शोरूम पर न्यू एक्सल सिक्स की लॉन्चिंग नगर की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसएमई एम शाखा के चीफ मैनेजर श्री असीम भट्टाचार्य एवं अभिषेक केसरी के कर कमलो द्वारा प्रद्वीप प्रज्वलित करके सम्पन्न हुआ एम एस आई एल ने हमेशा कस्टमर के अकॉर्डिंगली जो जो कस्टमर की नीड है उनकी ज़रूरतें हैं उनको ध्यान में रखते हुए समय समय पे हर चीज़ों को अपडेट किया है एक्सल सिक्स को भी मैं एम पी पी सेगमेंट में नए तरीके से एम एस आई एल ने लॉन्च किया कई सारे अपडेटेड फीचरों को देते हुए इन्होंने कई सारे एक्स्ट्रा फीचर जैसे इन्होंने एक्स्ट्रा बोल्ड गाड़ी की प्रीमियम लुक को बढ़ाने के लिए आपके क्रोम के फिनिशिंग एफिशिएंसी की हम बात करें तो 20.97 के माइनस के साथ में ये व्हीकल अपने एम सेगमेंट में जितने भी और मार्केट्स में कॉम्पिटिटर हैं है। उनको ये आ, कहीं ना कहीं कॉम्पटिट करेगी हमने कई सारे नए फीचर्स ऐड किए हैं इसमें जैसे वेंटिलेटेड डिस्क जो पहली बार एम एस आई ने स्टार्ट किया है वेंटिलेटेड सीट्स जो है सिक्स स्पीड की ऑटोमेटिक गेयर हम दे रहे हैं इसमें प्रोवाइड तो कर रहे हैं और डुअल टोन में आपका एक्सपीरियंस डोअल टोन में आ रहा है अलाओविल विल भी हमने 16 इंच की प्रोवाइड की है जो एमपीबी सेगमेंट क्योंकि मैं इधर लगातार हम लोग देखते आ रहे हैं कि मार्केट ट्रेंड एमपीबी की काफ़ी बढ़ते चली जा रही है एमपीबी सेगमेंट और सी वन सेगमेंट ये ज़्यादातर गाड़ियाँ लोग पसंद कर रहे हैं तो आने वाला समय हम लोग वो करते हैं कि नहीं एम सेगमेंट में या नंबर वन पोजिशन पर जाएगी और हम लोग बिलीव करते हैं इन चीज़ों को कुंज में नहीं पढ़ा कैसा लगता है कितनी मेहनत होती है को बनाए रखने सर हम लोग तो ये तो आपने बिल्कुल सही बोला है हम हमको भी गर्व होता है ये बात को बताने में कि एक अपना जो प्रतिष्ठान है कीर्तिक कुंज ऑटोबाइज और ये पूरे इंटायर ग्रुप ऑटोबाइल सेक्टर का चाहे हमारा जो सेक्टर हो हम लोग कस्टमर सेटिस्फेक्शन को खासकर ध्यान रखते हैं कि हमारा ग्राहक क्या चाहता है उनकी डिमांड क्या होती है उनका बजट क्या होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग स्टॉक रखते हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग हम लोग सारी चीज़ों को मेंटेन करते हैं कि ताकि उनको कहीं से भी प्रॉब्लम ना हो अगर हमारे शोरूम में कोई कस्टमर आता है गाड़ी लेने के लिए तो उसकी बजट क्या होता है उसको कैसे गाड़ी लेना है उसके लिए हमारे पास फाइनेंस की सारी सुविधाएँ रहती हैं जितने भी फाइनेंस के लोग होते हैं वो हमारे ऑफिस में रहते हैं हमारे शोरूम में रहते हैं कस्टमर किस सर्विस के लिए वो बैठे रहते हैं और ताकि कस्टमर को कहीं जाने की ज़रूरत ना हो अभी हम लोग ने मारुति ने एमएसएफ मारुति सोच स्मार्ट फाइनेंस के नाम से एक इन्होंने सिस्टम लॉन्च किया है प्रोडक्ट लॉन्च किया है इसमें क्या होता है कि कोई भी ग्राहक पहली बार या पहली बार हो चाहे बार बार मतलब इससे पहले भी मारुति खरीदा अगर वो आता है हमारे शोरूम पर तो हम लोग उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है अगर वो, वो उसके पास वो अपना डॉक्यूमेंट लेकर आते हैं सारा सारा डॉक्यूमेंट शोरूम पर ही उसका सारा फाइनेंस का प्रोसीजर हो जाता है पहले क्या था कि फ़ाइनेंस के लिए लोग फाइनेंस कंपनी जो ऑफिस रहते हैं वहाँ पे जाते हैं डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं फिर लोग एफआई होता है प्रोसीजर जो होता है उसके बाद फिर फाइनेंस होता है अब क्या है कि समय को देखते हुए कस्टमर के कन्वीनियंस को देखते हुए हम लोग ने एमएसएफ को लॉन्च किया इसमें क्या है कि कस्टमर को आ, अगर हमारे शुरू पे आता है तो ऑनलाइन के थ्रू सारी फाइनेंस की प्रोसीजर हो जाता है यानी जो डिसबर्समेंट भी होता है वो ऑनलाइन के थ्रू हो जाता है तो इसी कड़ी में और भी जैसे हमारे इंशोरेंस भी है तो इंशोरेंस के लिए भी हम लोग सारी फैसलिटी रहती पूरी टीम बैठी रहती है तो कस्टमर एक बार हमारे पास आता है उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है ना उसको दौड़ने की जरूरत नहीं है तो हम लोग ये छोटी छोटी चीज़ें जो होता है हम लोग अपने ग्राहक के लिए बहुत ख्याल रखते हैं और इनकी जरूरत को समझते हैं और ज़रूरत को पूरा करने का प्रयास करते हैं और आज हम लोग प्रयास करते ही जा रहे हैं हो सकता है आज यही प्रयास हम लोगों को मार्केट जैसे आपने बताया कि जनपद में नाम है भाई हम लोगों को तो पता नहीं होता है हम लोगों को तो एक कस्टमर के द्वारा बाकी आप लोग के द्वारा मीडिया के द्वारा समाज के द्वारा पता चलता है कि हाँ हम लोग यहाँ तक पहुँचेंगे हम लोग तो सिर्फ हम लोग का पूरा वर्किंग होता है अपने ग्राहकों के लिए चाहे ग्राहक हमारे गाड़ी लेने आता है वापस से सर्विस करने के लिए आता है तो हमको सिर्फ उन्हीं की सेवा भाव में लगे रहते हैं ताकि हम उनको कैसे अच्छी सर्विस प्रोवाइड करा सकें तो ये चीज़ें थी आज इसी वजह से मुझे लगता है कि आज हम लोग आज हमारे ग्राहक हमसे संतुष्ट हैं हमारे सिस्टम से संतुष्ट हैं इसलिए वो हमारे दोबारा मुझे जी ये हम लोग कीर्तिकंज ऑटोमोबाइल्स के नेक्सा शोरूम में खड़े हैं आज के इस विशेष ओकेज़न में कि जहाँ पे ये गाड़ी एक लॉन्च हुई है एक्सल सिक्स और ये हम लोग देख सकते हैं ये काफ़ी बेहतरीन कार है इसका आप कलर कॉम्बिनेशन देख सकते हैं हम लोगों ने अंदर में बैठ के देखा ड्राइविंग सीट पे पीछे भी गाड़ी काफ़ी कंफर्टेबल है और सबसे अच्छी चीज़ जो है इसमें नए फीचर्स मारुति ने ऐड किए हैं वो काफ़ी बहुत ही अच्छे हैं और हम तो मतलब इसके प्राइस भी काफ़ी अफोर्डेबल है तो ये हमें बहुत ही अच्छी लगी गाड़ी और हम लोग इसे रिकमेंड भी करेंगे लोगों को बहुत पसंद आई हमें थैंक यू